अगर अच्छे नंबर लाने तो हवाबाजी से बाहर निकलना पड़ेगा स्वागत है आपका एक नए क्लास में छोटे छोटे बच्चे हैं हाईस्कूल वाले तो सभी जितने भी बच्चे हैं सबसे पहले उन्हें बता दे रहा है। दोस्तों अभी आप बहुत छोटे बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पर मिल जाएंगे जिन्हें कुछ नहीं मानू होगा वो भी वीडियो बनाए पड़े होंगे तो पहले बता देते हैं प्रॉपर ग्यारह साल हो गए हमें पढ़ाते हुए ठीक है और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन लिखे हुए हैं वो ब्रह्मास्त्र है कुछ लोग कहेंगे सर इतने सारे क्वेश्चन लिख दिए नहीं सर इसके अंदर हम बताएंगे आपको कौन से इंपॉर्टेंट जो बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं उन्हें पढ़ना तो सब कुछ है लेकिन ये क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए पहले है, पढ़ना सब कुछ नहीं आ रहा हम तो तो कुछ क्वेश्चन दस पंद्रह बीस और बहुत आसानी से आप पास हो जाएंगे बहुत बढ़िया नंबरों से ठीक है सर तो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम आएंगे समझाएंगे हम आपको देखिए यहाँ लिखा होगा दर्पण के उपयोग दर्पण के उपयोग नहीं आएंगे तो क्या आएगा सर आपसे पूछेगा कि वाहनों में गाड़ी जो होती है हमारी बस है सीट है सीट ड्राइवर की सीट के पास कौन सा दर्पण लगा होता है ठीक है या फिर जो सड़कों में पे लगी होती उनमें कौन सा दर्पण लगा होता है इस तरीके का एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है फिर दृष्टि दोष में क्या पूछेगा निकट दृष्टि दोष दूल दृष्टि दोष जरा दूल दृष्टिता इस तरीके की चीजें आपको पता होनी चाहिए जिन लोगों को सब कुछ याद है वो नीचे कॉमेंट करके बताते जाए ठीक है सर लेंस के बारे में पूछ सकता है लेंस के प्रकार समंजन क्षमता मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो भी बच्चे और दृष्टि दोष दृष्टि दो समंजन क्षमता मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो बच्चे जिन्होंने साल भर कुछ नहीं पढ़ा वो ये हम जो आप गोला बनाएंगे उन्हें वो जरूर पढ़े ठीक है और हम फिर भी कह रहे हैं जितना क्योंकि अभी तो एक लगभग छह से पांच छह दिन है आपके पास तो जितना ज्यादा पढ़ पाइए फिर कह रहा है जो भी चीजें आपको इसमें नहीं मिले फिलहाल तो सारी चीजें आपको मॉडल में मिल जाएंगे एक मास्टर माइंड मॉडल पेपर ले लीजिए नहीं मिले तो कोई बात नहीं नीचे कॉमेंट करके बताइए चौबीस घंटे के अंदर आपको वीडियो ला हम देंगे ठीक है सर उसके बाद देखिए विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा आपको पता होना चाहिए इसनाइल का, का, का नियम होता है वही स्नैल का नियम होता है बाएं हाथ का नियम अंगूठे का नियम हथेली के नियम ये आपको याद होने चाहिए एफ बराबर ये जो अपने गोले बना रखे हैं ये गोले वही क्यों बना रखे हैं फिजिक्स में कुछ न्यूमेरिकल आते हैं गिने चुने पांच छह सवाल आते हैं एक सवाल कौन सा है एफ बराबर दे सवाल भी पूछ लेता है इससे रिलेटेड सवाल भी आ जाता है यह यह सापेच वाला सवाल क्या है भाई जो तो सापे वाला यह होता है कि वायु के सापे इसका इतना है तो उसके सापेच उसका बताइए तो सापे वाले सवाल आते हैं ठीक है थीक? उसके बाद एक सवाल क्यू बराबर आई बराबर क्यू मतलब धारा दे रखी होगी आप इतना तो आपने होगा नहीं पढ़ा कमेंट करके बताइए हम श्रेणी समांतर क्रम में जुड़े होते उनप या फिर यू पे और आर बराबर टू एफ पे भी सवाल आ जाता है तो यह पांच छे गोल बना रखे हैं हैं हैं इनके वाले पेपर में में मिलते हैं फिजिक्स के अगर हम की बात करें तो जो पढ़ने में बच्चे बिल्कुल ऐसे ही जिन्हें मतलब पास होना, तो मोटर और आता। क्या होता? जनित विद्युत या फिर मोटर आ जाता है लेकिन जो पढ़ने में अच्छे बच्चे वो परिणलिका के बारे में पढ़ें, फैराडे के नियम पढ़ें, ओम का नियम पढ़ें, इसका सत्यापन पढ़ें, श्रेणी समांतर क्रम का सवान प्रूवमेंट बन आर बराबर आर वन प्लस बन बिछेपण लेंस और दर्पण के सामने कोई वस्तु कहां रखी जाए प्रतिबिंब कहां बने इस तरीके की चीजें फिजिक्स का यह पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें से कुछ भी आपको छोड़ना नहीं है कुछ भी ना मिले नीचे कॉमेंट करके बताइए हम आपको ला देंगे ठीक है केमिस्ट्री में भैया रेडॉक्स अभिक्रिया आनी ही चाहिए बेकिंग सोडा या खाने का सोडा कहते हैं है, है, ऐसे ही पूछ लिया जाएगा ठीक है संचारण आपको पता होना चाहिए और आयु पी एस सी नाम लिखने को आते ही आते हैं दो नंबर में आयू पी एस सी नाम आपको पता होना ही चाहिए ठीक है सर एथिल एल्कोहल एसिटिक्ल पीओपी के गुण जो अच्छे बच्चे है इन्हें बनाने की विधि भी याद कर लिया पीओपी यानी प्लस्टर ऑफ स ठीक है करना बिक्रिया हो गई संक्षाण दो बार लिख गया सर चलिए म्ल व छार क्या होता है भर्जन क्या होता है विकरण संबंध मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉपर के दो अयस्क बताइए ठीक है, है सर अस्टीकरण की क्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है साबनीकरण किड़वन विद्युत रसायणी श्रेणी का एक सवाल आ जाता है कि भैया इसमें कौन ऊपर कौन किसे विस्थापित कर देगा या कॉपर के मतलब कॉपर सल्फेट के बिलियन में लोहे की कील डालने पर रंग क्यों गायब हो जाता है या रंग क्यों आ जाता है इस तरीके के सवाल घूम फिर के आते हैं विद्युत रसायनिक श्रेणी वाले सवाल ठीक है दीर्घ में बात करें इसमें दो ही सवाल आते हैं या तो वाले सवाल आएंगे में पूछेगा निम्न पर तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया सावन की सफाई अभिक्रिया उसी को मिशेल सिद्धांत कहते हैं सजातीय श्रेणी संकलन अभिक्रिया दहन ऑक्सीकरण निस्थापन क्या होता बहुलीकरण एलकिलू संतृप्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है यह सारी चीजें आपसे पूछेगा ठीक है या रिएक्शन जाएंगे। रिएक्शन के लिए आप क्या करेंगे आपके पास अगर एक अनसोल है तो ठीक है बनना है कि मॉडल पेपर जो आपने खरीदा उसमें जिसमें ज्यादा जैसे मेथेन की क्लोरीन से क्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है ठीक है उसके बाद एथिल एल्कोहल की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट इस तरीके की रिएक्शन आपको अथवा में मिल जाएंगे ठीक तो ये कुछ भी आपको नहीं छोड़ना है पहले देखते रहिए क्या क्या बता रहा है पोषण ठीक है पोषण के बाद कायिक जनन या का प्रवर्धन पूछ सकता है मादा जनन तंत्र जीनोटाइप फिनोटाइप में अंतर पूछ सकता है लिंग गुणसूत्र जीवात्म और लिंग निर्धारण कैसे होता है ठीक है उसके बाद परागकण इसमें परागण स्वा परागण पर परागण ये सब आपको याद कर लेना है बिल्कुल अभी पांच छह दिन है तो आपको आराम से याद करना है उन्हें बताना है जन पुनरुद्भवन छोटे छोटे क्वेश्चन दंत छरण दाट टूटना ठीक है रंध्र परिवार नियोजन मोस्ट वांटेड है चार नंबर में परिवार नियोजन आता ही आता आप छोड़ नहीं सकते बिल्कुल पढ़ के ही जाना है परिवार नियोजन ठीक है उसके बाद ऐसे पूछेगा उत्सर्जन से आप क्या समझते पूरा एक क्वेश्चन कभी कभी लॉन्ग में आता है वर्ना चार नंबर में आ जाता है ठीक है ऑक्सी अनऑक्सी ठीक है इसी को कहते हैं है, है प्राणियों पर टिप्पणी श्वसन रुधिर की संरचना लैंगिक अलैंगिक जायांग में अंतर जल संरक्षण निषेचन यकृत के बारे में लिंग सहलग्न रोग धमनी शिरा में अंतर हीमोग्लोबिन समजात समृद्धि अंग पुष्प की अनुर्ण काट का चित्र बहुत पूछा जाता है तो पुष्प का चित्र रुधिर ला में अंतर ठीक है, है सर तो इस तरीके की चीजें ढेर सारी पूछी जाती हैं लॉन्ग में है तो पाचन तंत्र आता ही आता है हृदय तो पूछ है, है? लेगा या फिर मेंडल के नियम एक सौ एक परसेंट भैया मेंडल के नियम चार नंबर में या फिर सात नंबर में खूब पूछे जाता है बाद में तुलना प्रदूषण और एक नया क्वेश्चन है सोलर कूकर ठीक है सर तो यहाँ पे पहले एक बात हम क्लियर कर दे जो आपने जो आप पेपर देख रहे हैं नहीं सर्कुलेट हो रहा है पेपर यूट्यूब पे वही पढ़ लो जो पेपर चुरा लो कि आप पढ़ा होगा कहीं यूपीएमएसपी वाला पेपर वो पढ़ लो आज आएगा नहीं सर अगर अच्छे नंबर लाने तो हवाबाजी से बाहर निकलना पड़ेगा आपको समझना पड़ेगा कि एक पेपर हम बार बार एक ही बात कहते हैं अगर यूपीएमएसपी पर जो सेट दे भी रखा है शाहजहा भैया आप पढ़ते हैं ठीक है या जहां से भी आप देख उत्तर प्रदेश के सात सेट बनते हैं क्या सब में वही पेपर आ जाएगा नहीं आप उसे हल करें अच्छी बात है आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और अच्छी बात है लेकिन पढ़ना सब कुछ है अगर पचानवे लाने हैं तो पहली बात तो सब पढ़िए जो अच्छे बच्चे हैं जो कमजोर लोग हैं उनके लिए इसमें हमने कुछ चीजें इंपॉर्टेंट बताए और जो बहुत अच्छे बच्चे वो वो ये ये सारी चीजें चेक करें कि क्या उन्हें ऐसी कोई चीज तो नहीं जो उसमें से तो छूट रही है है बाकी पढ़ें वो सब तभी आपके अच्छे नंबर मतलब इसमें कुछ भी छोड़ना नहीं है है आपको पूरी तरीके से पढ़ के आना उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है। अपने हाँ 95 प्लस ठीक है और कई बार लोग पहुंचे चौरानवे तक पचानवे तक लोग पहुंचते रहते हैं ठीक है प्रॉपर 10 11 सालों से हम यहां पे पढ़ा रहे हैं ये एक्सपीरियंस पूरा आपके साथ में शेयर कर दिया कोई दिक्कत है नीचे कमेंट करके बताइए और हाँ कोई भी समस्या साइंस लगा हुआ उस पर आपको वीडियो मिलेगी इस चैनल पर नहीं ठीक है सर तो नए हैं सब्सक्राइब करिए फिर मिल...